एक काम करे करो तीन रुपया दे दे करो तीन से तो पूरा गंजे ही हो जाए करूँगा मैं ये बाल अन्य कर रखी है की तीन रुपया न छोड़ो बताओ मेरा लाल किला बढ़िया लग रहा है ना लाल किला तो बढ़िया है तेरा लेकिन ये चांदनी चौक का जाम कहाँ लिए डोल रहा है जॉब में हटाने के बीस रूपए फाल तो ले रहा हूँ अच्छा बीस रूपए अरे पूरी सकल पे यू ही तो बढ़िया लग रहा है काला काढ़ा है लाल मैं अरे हरा बना दूंगा हरा कुछ ऐसा हरा बना सके अरे मेरा हरा अरे मेरा लाल रंगीन हो रहे बाप पे गए हो अपने नितिन भाई नाच तो सुखा दी हो कबूतर उबूतर ना खा जा में देख रहा हूँ फोन हेलो कौन हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ आराम कौन आ, आ रहा हम भाई तुम्हारी स्कूलों पढ़े करो ओ आरब भाई क्या है? भाई मैं तुम्हारे घर के दो है। सोच मिलता चलो तुमसे आ जाए ठीक जा। है भाई आजा हाँ। तो कुछ बढ़िया खाने को तो कह देता मेरे दोस्त बहुत अमीर है माल खांगे माल देखेंगे का हुआ मम्मी आज हमारे दोस्त आ रहे हम सुबह मिलने उनकी बढ़िया सी खातिरदारी कर दीजो और ना तो वे हमारे स्कूल में बेजती कर देंगे कुछ बढ़िया से बना लो खाने को अरे बेटा तुम्हें तो परेशान होने की जरूरत मैं उनकी बढ़िया सी खातिरदारी कर दूंगी ठीक है ठीक अरे बुलाया अरे यार बहुत दिन में हो तुम अब चलो, चलो। तो चलो चलो और सुनाओ क्या तो रहा आ भैया तुम्हारे कोई गलती होगी दीखे अरे यार वहाँ छोड़ नू पता कोई दिक्कत तो नहीं रास्ते में भाई रास्ते में तो बड़े कुशल मंगल है दिक्कत तो आ रही है कहा तुम सोफा में फेंक फेंक के मार रहे हो अरे फेंक के ना मार रहे ये तो हमारा प्यार है जैसे स्कूल में तो हम फेंक के मार रख भाई प्यार नहीं बदलता हमारा कभी भी वो तो पहले तू फालतू लग रहा है। अरे इन बातों हूँ आपने बताओ कहा खाओगे पियोगे तुम कुछ भी मंगवा लो बढ़िया सा। खाने को ही ताये हम। खा के जाएगा। जब मम्मी मम्मी। अरे वाल को आगे तुम्हारे नमस्ते बेटा सब सही है ना घर परिवार में वैसे तो सब बढ़िया बस भैसन का पेट खराब है बना लो चाय भी पियोगे तुम चाय लो पीते चाय न पीते मम्मी एक काम करो नमकीन बिस्कुट लिया जाके अरे नमकीन बिस्कुट खाओगे पाँच किलो बाद लाए ना उनमें भगवान वे डेढ़ सौ ग्राम बदाम कहा गए घर में पहली बार पूजा को उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए सबके साथ अरे बाप ने भी खाए कदम तो इनके सामने बेजती करना जरूरी है और कहा करूं जो भी रिश्तेदार आवे तम सुकें लगो आवास बदमाए ग्राम बादाम बदाम कहा, कहा निकल अंटे मैं न खाना कुछ भी हमारे तो बात पेट भर का अब हम जा रहे हैं बेटा तुम घर तू खा के जाके खाओगे कहीं भी खावे हमें ना खाना कुछ भी बेटा बदाम तो खाते जाते हैं है, मत हो भाई है ना कैसी औलाद थोड़ी चंडी सी बुरा होना है अगली बेरोना तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ दिया तो जा क्यों ना नहीं चलो चलो चलो चलो है ना कहा आज ऐसे आदमी माल खबाने लाया गाली ले जा रहा अरे यार स्कूल में तो बहुत ये दोनों दोनों के ही हमें का पता ही, घरा के ऐसे हो जाएंगे। बेटा फोन दिखाइयो मेरी बात करवा दे अपनी नानी मम्मी मैं आज सुना बीजू बाद में बात कर लीजो। या बाद में कर लीजो बाद में कर लीजो के ना छह महीने हो गए आज तेरी नानी से बात ना कर पाई हूँ मैं ए, मम्मी कहा तुम भी हमेशा फोन के पीछे पड़ी रहो ज्यादा जुबान मचला फोन मिला के दे तेरी नानी से बात करनी है मुझे ठीक है करवा रहा हूँ पर एक कॉम करो जल्दी बात कर लीजिए ठीक है मैं और कॉम भी है हेलो मम्मी नमस्ते मम्मी मैं बालकन से इतनी परेशान हो गई हूँ ना चौबीस घंटा या फोन में ही लगे रह एक मिनट को फोन ही ना देते ही मारे मैं तम बात ना कर पाती ही हमारी कल की दौरानी वह ने तो लाम छोड़ दी कती मतलब हमारे के सामने नू ही घूंघट डोली जा बिल्कुल भी शर्म ना है मैंने तो कह दी एक दिन मैंने कहा बीवी थोड़ी घूंघट वूंघट कर लेकर तो नू कह रही उसी साल का यहाँ का दिखाई देघट हद कर रखी है मम्मी या घर की ना समझ आती मैं कितनो भी बढ़िया काम कर दू कुछ भी कितनी मेहनत कर लू हमारी सास कभी हमारी तारीफ ही ना करती और उ, छोटी वो कितनो भी गलत काम करे ना वहाँ बुराई नहीं सुन सकती मतलब बहुत ही ज्यादा घनी पटरी है सास बहू की आजकल भाई जमाना बहुत खराब आ ल मम्मी और वे ना है दीदी हमारी पड़ोसन उनकी किसी रिश्तेदार की छोरी ना न कही लोन फिर बाद में ना उनकी मोटरसाइकिल बंद होगी तो उनके पापा जाके पकड़ के ले आए और कहा बाद में पता पड़ी कि लोडा ने तेल गिर में ना तो लौंया था मिलती परसो सरलाहराई घर सूट मांगने मैंने दे दिया कल जूस निकालने वाली मशीन की जरूरत पड़गी तो मैं वहाँ के गई तो नू कह रही आके निकाल ले जूस घर ले जाके कहा करेगी मैं निकाली ना मैं अपने घर आगी आगी आज सवेरे झाडू झाडू मांगने मैंने भी कह दी यहीं आके मार ले ले घर और कहा बड़ाई चलेगी अरे मरंदो हमें मरन दो मम्मी बहुत देर हो गई फोन दे दो मेरा मम्मी औलाद है ना सांस भी औलादी आती बिना फोन के मैं तुमसे कई और दिन बात करूंगी ठीक है हाँ बता अरे मम्मी कभी तो ढंग की बात कर ले करो नानी सू बहो पता बिन चलती नानी सू बात कर रही हो किसी के घर के बंटवारे न करवा रही हो आज के बाद अगर नानी सू बात करनी हो ना तो नू मत कही मेरी बात करवा दे नू कही थोड़ी बुराई करवा दे बुराई करो तुम फोन पे अच्छा और कहा बात करू मैं घर बार की बात करी जावे इतने जाने दिन तो बात करी है उनसे कैसी हो तबियत ठीक है घर में सब कैसे है आओ कभी घूम जाओ हमारे घर पर नो सरल की कुतिया बग्घी उनकी लॉन्डिया बग्घी यही बातें रहें तुम हमेशा ज्यादा अंग्रेजी मत न पड़े तेरे बाप तेरी बुराई करके ना ये फोन छिन्नवा दूंगी चला जाए यहाँ ऐसी जारी कहा खाओगे तुमसे पूछ लो मर्जी का बना दूंगी मम्मी एक काम करो पनीर की सब्जी बना लो पनीर बेटा पनीर तो है ना पनीर को तो बाजार जाना पड़ेगा तो बाकी तेरे पापा तो करेला कह रहे ए, मम्मी करेला ना एक काम करो छोले भटूरे बना लो छोले भटूरे बेटा छोले भटूरे तेरे पापा ना खाते तेल तेल ज्यादा हो जावा है ना तेरे पापा तो करेला कह रहे मम्मी करेला छोड़ कर ना कुछ ही बना लो वो करेला ना खाए जाते कतई भी एक काम करो राजमा चावल बना लो ना बेटा ना राजमा ना तेरी दादी को बाधी करे तू कुछ और बता बाकी तेरे पापा तो करेला कह ही रहे मम्मी करेला ना खाऊ मैं बेशक दाल बना लो तुम बेटा दाल तो बना देती लेकिन दाल तो खत्म हो रही है तू कुछ और बता पापा तो करेला कह रहे फिर है कुछ या घर में जो खा लू मैं है ना बेटा करेला धरे बाकी तेरे पापा भी करेला बनाने कह रहे ठीक है तुझे तो बना लो करेला मेरी तो तुम्हें सुननी ना होती पापा के मन की करोगी तुम ठीक है बेटा हाथ धो के आ करेला तो मैं पहले ही बना के धरे आई बना लिए पूछने तो क्यों आई हो? मैं तो देख रही तुम खाओगे ना खाओगे अब तो दी तो बढ़ा दिया मैंने करेला। मैं मेरा जीना कर दिया। <laughs> <लग का> करेगा अरे <laughs> बालको, को आज सिलेंडर आना है सिलेंडर भरवा लो ठीक है कहा रखा सिलेंडर वही रख ठीक है जा रहे हैं अभी अरे हमारी मम्मी ने भी ना परेशानी कर ली है। अब सिलेंडर भरवा के लाओ इनके काम भी कभी खत्म न होते तेरे सिर पर सिलेंडर आजा। हमारी मम्मी पता ना कैसे कैसे काम दे दे सिलेंडर ना भरवाने के भाई बबलू आ रहा होगा हो छोड़ रहा कहा हो सिलेंडर न लिए सिलेंडर कौन सा सिलेंडर अरे वो जो पड़ा सिलेंडर क्यूँ किस को सिलेंडर है नितिन भाई बता दी हमारा ना भाई हमारा ना भाई को सिलेंडर विलेंडर कोई दिक्कत जब भी चला जाएगा चुप उठा लेंगे अपने सिलेंडर है चला जाएगा अभी देख लेंगे हम भैया तुम भाई, भाई सिलेंडर ले जा रहा हूँ भाई मम्मी मारा की